की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो कितने भी प्रबल क्यों ना हो परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है शक्तिशाली रहना है समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताए ना मित्र को और ना ही शत्रु को क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है उसका उपयोग कैसे करना है यह हम पर निर्भर करता है जो बीत गया उसका दुख मनाना है या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा इसलिए आनंद के लिए परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है उनका उपहास उड़ाता है उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है और वो है समय काल काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए कर अभिमान और अहंकार ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी तीनों का आरंभ प्रेम से होता है स्वयं से प्रेम परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है यहां तक ठीक है परंतु जब यह भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है चूंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है परंतु मनुष्य के लिए पहली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है इसका उत्तर मैं नहीं आपका मन देगा जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं तब तक ठीक है परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है